सर्व मंगल मंगल शिवे के गौरी नारायणी सभी सभी को को को प्रदान करने वाली, सभी के को पूरा करने वाली वाली पूरा मा मां गौरा को मेरा प्रणाम है नमस्कार आप देख रहे हैं दखल न्यूज और आज हम बात करेंगे नवरात्र में देवी मां की आराधना की नवरात्र के नौ दिन लोग तरह तरह के जतन करते हैं देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए कुछ ज्वार बोकर माँ को प्रसन्न करते हैं तो कुछ लोग अखंड जोत जलाते हैं वहीं कुछ कलश स्थापना भी करते हैं कुछ रामायण जी का पाठ करते हैं तो कुछ दुर्गा सरस्वती का पाठ करके माँ को प्रसन्न करते हैं इन नौ दिनों में क्या क्या विधि विधान है माँ को प्रसन्न करने के लिए इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी इस वक्त में भोपाल के चूनाविट्टी इलाके के माँ काली के मंदिर में हूँ और इस मंदिर की मान्यता है कि सच्चे मन से अगर कोई भक्त यहाँ कुछ मांगता है तो वो उसे जरूर मिलता है तो मंदिर के पुजारी जी यहाँ मौजूद हैं इनसे जानेंगे पंडित जी क्या क्या विधि विधान है यहाँ अभी नवरात्रि प्रारंभ होने वाली हैं 26 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ होंगी तो यहाँ पे देवी जी का भव्य श्रृंगार होता है पहले दिन से जो है भगवती को श्रृंगार जवारे वगैरह अखंड ज्योत प्रज्वलित होती है देवी जी की नवग्रह षोड़श मात्र का ये पूज पूजान का विधि विधान होता है देवी जी का भगवती का दिन में रोज यहाँ पे श्रृंगार होता है चार बार श्रृंगार होता है देवी जी के चेंज दिन में जैसे कि सुबह से रहता है छः बजे से दिन में दस बजे तक दूसरा रहता है इसके बाद फिर अपने दस से बारह बजे तक दूसरा रहता है ऐसे ही चार सप्तों में देवी जी का श्रृंगार होता है एक सुबह में छः बजे आरती होती है एक फिर आठ बजे आरती होती है दिन में रात्रिकालीन आरती रात्रि में आठ बजे होती है उसमें बड़े ढोल नगाड़े ये सबसे साथ में होती है बड़े बड़े मृदंग रहते हैं इससे सब बड़े अच्छे उसमें होती है भगवती की आरती नौ दिन तक जो है बाकी फिर अपने यहाँ पे नवमी के दिन महाआरती होती है अपने माता बहनें घर से थालियाँ ले आती हैं उसमें दीपक पांच सात दीपक रख के ले आती हैं तो उसमें सभी महाआरती में साथ में रहती हैं हज़ारों की तादाद में जो है भक्त रहते हैं उस, उस दिन हवन होता पूर्णा होती है हमारे साथ मंदिर के अध्यक्ष भी मौजूद हैं हम इनसे जानेंगे कि मंदिर की मान्यता क्या है और कितना पुराना है ये मंदिर जय मां काल का बिजासन माई थी ये उन्नीस में मंदिर का जीर्ण उद्धार हुआ था आ, अगले वर्ष इन्हें 25वां वर्ष इस मंदिर का विशाल के रूप में मनाया जाएगा अब रहा ये कि मंदिर का छोटा रूप था माँ की कृपा ऐसी हुई कि आज विशाल रूप हो गया और जाने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं जो अपनी मन्नत लेकर आते हैं और वो पूरी होती माँ के दरबार में मगर जब से मंदिर बना है जब से माँ का कुछ ऐसा चमत्कार हुआ है ये जो आप पिंडी रूप में देख रहे हैं माताजी को बांद्रा भान की बीच धार से पिंडी माता रूप वहाँ से आई हैं वहाँ से सलकनपुर गई हैं सलकनपुर से उनकी पूजा पाठ होकर फिर जहाँ पर विराजमान हुई ये जब से भगवती की कृपा हुई है पिंडी रूप में तीनों माता की माता सरस्वती हैं इसमें माँ बिजासन है और महालक्ष्मी है इनका रूप महाकाली का तो रूप था ही मगर जब से ये विराजमान हुई है कुछ ऐसा चमत्कार हुआ है कि हजारों की संख्या में भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो रही कोई संतान मांग रहा है कोई धन दौलत मांग रहा है कोई रोजी रोटी मांग रहा है मैं समझता हूँ सबकी मनोकामना यहाँ जी नवरात्र के नौ दिन माँ की पूजा आराधना होती है फिर इसके बाद इनकी उत्सव मूर्तियों का विसर्जन भी किया जाता है तो उसके पीछे क्या विधि विधान है हाँ मूर्तियों का विसर्जन पहले तो इसमें नवमी को कुछ लोग जैसे झांकियों में है वहाँ पर अपने अष्टमी को भी हवन कर लेते हैं इसके बाद जवारी विसर्जन होते हैं फिर मूर्तियों का विसर्जन का अपना सिलसिला प्रारंभ हो जाता है मंदिरों में तो मूर्तियों विसर्जन होने का कोई विधि विधान नहीं है इसमें जवारे जो होते हैं तो वो अपने नवमी को कई मंदिरों में नवमी को होता है यहाँ पर दशहरे वाले दिन जवारे विसर्जन होते हैं फिर अगबती को जो नौ दिन तक श्रृंगार चढ़ते हैं साड़ी वगैरह सुहाग सामान चूड़ी बिंदी वगैरह ये सब माता बहनों के लिए उसमें सुहाग सामान वितरित होता है इसके बाद फिर को कन्याओं के लिए कन्याओं का पूजन करके कन्याओं के लिए भंडारा भोजन होते हैं कन्या का भोजन कराने के बाद इसके बाद सभी लोगों का ब्राह्मण भोजन हैं और भक्त लोगों का भंडारा प्रारंभ हो जाता है कन्याओं के बाद जवारी विसर्जन करने का रहता है तो हम लोग यहाँ से पूजन पाठ करा के साथ नौ कन्याओं द्वारा जवारी विसर्जन करने के लिए ले जाते हैं इस प्रकार से समापन का कार्यक्रम होता है तो देखा आपने हमने जाना अभी पंडित जी ने हमें बताया कि किस विधि विधान से माँ का पूजन किया जाता है और फिर नौ दिन उनकी पूजा अर्चना करने के बाद कैसे उनकी उत्सव मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है अब जैसे कि भारत जो है वो विभिन्न संस्कृतियों से मिलकर बना है हमारे मध्य प्रदेश में अलग अलग समाज के लोग जो हैं अलग अलग तरीके से माँ को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं बंगाल की बात करें तो बंगाल से माँ काली की स्थापना की जो प्रथा है वो चली आ रही है और अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात से आता है गरबा गुजरात आती समाज बड़े उत्सव के साथ मां को प्रसन्न करने के लिए गरबा करते हैं तो आइए आपको लेकर चलते हैं और बताते हैं कैसे गुजरात में नवरात्र के टाइम पर रौनक छाई रहती है और कैसे मां को प्रसन्न करने के लिए गरबा किया जाता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात की नवरात्र में गुजरात में रौनक ही कुछ और होती है और नवरात्र के नौ दिनों में लोग तरह तरह के जतन करते हैं माँ को मनाने के लिए और सबसे ज़्यादा प्रचलित विधान जो है वो है गरबा आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये महिलाएं कितने उत्साह के साथ नवरात्र की तैयारियाँ कर रही हैं आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि इनकी तैयारियाँ कब से शुरू हो जाती हैं कोलार दानिश कुंज के गर्ल्स हाईवी स्टूडियो में हूं जहां नवरात्रि की तैयारियां आप देख सकते हैं पूरे जोरों शोरों पर हैं हमारे साथ रेणु अदलक जी हैं जो यहां के कोरियोग्राफर हैं और दीपा बुराने जी हैं जो कि फाउंडर ऑफ सुकृति स्टूडियो राइट तो अब हम इनसे जानेंगे कि कब से इसकी तैयारियाँ आप लोग शुरू कर देते हैं देखिए वन मंथ एक महीने पहले से जब नवरात्र आना आने होते हैं और मतलब हम माँ दुर्गा की आराधना के लिए पूरी तैयारी में होते हैं कि हम अपनी पूरी गर्ल गैन को जोड़ के और गरबा की तैयारियों में लग जाएं और करीब करीब एक महीना ये हमें तीन हफ्ते तो आराम से हो गए इस तैयारी को आगे बढ़ाते हुए और हमारी जो गर्ल गैंग है हमारी जो गर्ल्स हैं वो सब बहुत जोश में हैं इस बार नवरात्रि के लिए गुजरात से पारंपरिक नृत्य हमारे मध्य प्रदेश में होता है गरबा वैसे ही गुजरात का परिधान भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है लाइक लड़कियाँ जो हैं वो चनिया चोरी पहनती हैं और लड़के कीड़िया सर पर पकड़ी तो इसके पीछे क्या है क्या मान्यता है देखिए हमारी जो भारतीय संस्कृति है कि ट्रेडिशनल चीज़ों को फॉलो करने का बोलती है तो हमें ऐसी जैसे पहनना चाहिए और अपने बच्चों को भी गाइड करना चाहिए इवन आज सब लोग अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं तो हमें गरबा ऐसे ट्रेडिशनल जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें अपने बच्चों को प्रमोट करना चाहिए देखिए यहाँ पर भी सारा चल रहा है मतलब सारी लेडीज़ हैं क्यों ना हम अपने बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व करें है ना क्योंकि अगर हम अभी तक ये करते आ रहे हैं मगर हमारा आने वाली जनरेशन भी ये चीज़ फॉलो करे तो उसके लिए हमें उन्हें गाइड करना पड़ेगा अपनी संस्कृति और हम सभ्यता को नहीं भूल सकते ओके okay, तो मैं आपसे आप ये बताइए कि जैसे गुजरात से हम गरबा करते हैं तो क्या मान्यता है हम गरबा क्यों करते हैं नवरात्र में देखिए जहाँ तक मेरा सोचना है गरबा जो है दुर्गा माता की आराधना के लिए हम करते हैं और इसीलिए हम उन्हीं पूरी तरीके से जब हमारा पूरा ये सिक्वेंस होता है तो हम पहले माँ दुर्गा की आराधना और आरती करते हैं तो ये हमें फ़ील देता है कि हम पूरे उत्साह से उस नवरात्र को मनाएं और रोज़ का एक जो हम उनका एक हर रूप है जिसकी हम पूजा करते हैं और उसी के चलते हुए हम इसको मनाते हैं गुजराती समाज में माँ को प्रसन्न करने के लिए गरबा किया जाता है वैसे ही बंगाल से माँ काली की स्थापना की प्रथा चली आ रही है नवरात्रि जो है वो मुख्यतः पश्चिम बंगाल से है बंगाल में नवरात्र के टाइम अलग ही रौनक देखने को मिलती है वहाँ के भव्य पंडाल रंगों की छटा तेजस्वी चेहरे वाली देवियाँ और सबसे ज़्यादा प्रचलित विधान जो है वहाँ का वो है सिंदूर खेला नवरात्र कहें दुर्गा पूजा कहें या नवदुर्गा कहें भारत में नौ दिनों में जो चहल पहल देखने को मिलती है वो कहीं नहीं मैं इस वक्त भोपाल में टीटी नगर इलाके के कालीबाड़ी बंगाली मंदिर में हूं जो विशेषकर बंगाली समाज से संबंधित है और बंगालियों का इस पर अटूट विश्वास है हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं हम इनसे जानेंगे कि बंगाल में किस तरह से माँ दुर्गा को प्रसन्न किया जाता है क्या विधि विधान है नमस्ते मैं पंडित तापस भट्टाचार्य मैं कलकत्ता से हूँ और बंगाली समाज में नवरात्रि का बहुत विशेष महत्व है और इसमें जो बंगाल का सबसे बड़ा त्यौहार है नवरात्रि ही है तो इस नवरात्रि में सभी बंगाली लोग एकजुट होकर जो हम लोग उसको एक्चुअल हम लोग दुर्गा पूजा बोलते हैं हिंदी में नवरात्रि बोलते हैं हम लोग बंगाली में इसको दुर्गा पूजा बोलते हैं तो एक्चुअल हम लोग का ये पूरा नौ दिन नहीं होता है हम लोग ष्ठी से कलश बिठाते हैं और चार दिन होता है ष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी उसके बाद विजयादशमी है तो विजयादशमी में जैसे सिंदूर खेला होता है तो मेन जो दुर्गा पूजा है हमारा ये आश्चिन महीने में होता है इसमें सभी बंगाली एकजुट होकर इस त्यौहार को मनाते हैं ये त्यौहार बंगाल में सबसे बड़ा त्यौहार है और इसमें काफ़ी जगह जगह जगह पर पंडाल होती है और बहुत कुछ मतलब आयोजन किया जाता है जिसमें प्रोग्राम होता है और जो हम लोग का जो मेन बंगालियों का जो नृत्य होता है धुनोची नाच जिसको बोलते हैं उसमें आरती में उसको माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नृत्य किया जाता है धुनोची नाच के साथ उसमें लोहान और नारियल का जटा इसमें सब जला के धुआं कर करके माँ को माँ के सामने नृत्य किया जाता है जिसमें धुनोची नाच बोलते हैं रात्रि में अलग ही रौनक देखने को मिलती है कहते हैं कि बंगाल में जो मां की प्रतिमा होती है वो महिषासुर का वध करते हुए मनाई जाती है महिषासुर मर्दनी स्वरूप को पूजा जाता है हाँ इसमें क्या है कि जो एक्चुअल है जो अभी जो जैसे चैत्र का नवरात्रि होता है वैसे आश्विन में जो होता है ये मां दुर्गा को इसको बोलते अकाल बोधन अकाल बोधन मतलब ऑफ समय में माँ दुर्गा को जगा के जैसे कि आप जानते हैं कि देव एकादशी होता है उसके बाद जो ग्यारस होता है उसमें जो अभी जैसे हरी सैनी है तो इसमें क्या है कि माँ दुर्गा को जगाया जाता है क्योंकि राक्षसों का वध करने के लिए क्योंकि सभी देवता के लिए असंभव हो गया था इसलिए माँ दुर्गा को जगा के अकाल बोधन जो महिषासुर को त्रिशुल से जो वध किया गया था तो अकाल बोधन के लिए माँ दुर्गा को जगा के इस दुर्गा पूजा को आयोजन किया जाता है बंगाल में किस विधि विधान से मां की पूजा की जाती है और मां के किस स्वरूप को पूजा जाता है यहाँ पर कुछ बंगाली लोग भी हम इनसे जानेंगे कि इस समय में यहाँ क्या रौनक रहती है जैसे हम लोग इस चीज़ को बहुत महत्व देते हैं पाँच दिन को जैसे हमारे जैसे देवी जैसे अपने बेटी अपने मई के आती है इस तरह हम लोग जैसे जैसे अपने बेटी को हर तरह नए नई चीज मम्मी के यहाँ खिलाते पिलाते हैं उस तरह के हम लोग पूरा इंजॉय करते हैं ऐसे सब चीज़ हमारे बंगाली फूड्स में स्वीट्स हुआ ये हुआ फिर नॉनवेज हुआ बहुत सारे आइटम मछली का बहुत ज़्यादा हम लोग महत्व देते हैं ये सब चीज़ें हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं तो आप इसकी तैयारियां कब से शुरू कर देते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रचलित विधान है वो सिंदूर खेला है हमने सुना है सिंदूर खेला जैसे हम लोग आखिरी जिस दिन विजयदशमी होता है माँ एकदम मंदब करके जैसे अपनी बेटी जाती है अपने ससुराल वैसे हम लोग सब चीज़ें वो करते हैं सिंदूर खेला करते हैं माँ को विदाई देते हैं इस पर्पज से हम लोग सिंदूर खेला करते हैं आपने किस तरह से बंगाल में माँ को पूजा जाता है माँ को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के जतन किए जाते हैं यहाँ बंगाली समाज के मंदिर में हमने देखा कि पंडित जी से जाना कि किस विधि विधान से माँ की मूर्ति की स्थापना होती है क्या क्या, क्या पूजा पाठ किए जाते हैं माँ को मनाने के लिए अब जैसे भव्य पंडालों में माँ की भव्य प्रतिमाओं की स्थापना होती है तो आ, मूर्तिकार से हम जानेंगे कि, आ, किस कल्पना के साथ वो मूर्तियाँ बनाती हैं कि उनमें इतनी सच्चाई झलकती है इतनी भक्तों को देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें साक्षात माँ दुर्गा के दर्शन हो गए हों। आइए चलते हैं जानते हैं मूर्तिकार से कि वो किस कल्पना के साथ इन मूर्तियों को बनाने की शुरुआत करते हैं वक्त मैं भोपाल के टीटी नगर इलाके में हूं जहां मूर्तियां बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हमारे साथ कैलकटा के एक मूर्तिकार हैं। हम इनसे जानेंगे कि कब से मूर्तियां बनाने की शुरुआत आप कर देते हैं हम मैडम शुरू कर देते हैं छ महीना पहले क्योंकि ये मिट्टी का काम है अभी बारिश आ जाता है इस चक्कर में छह महीना पहले से शुरू हो है ऐसा कहा जाता है कि मूर्तियाँ बनाने की जो शुरुआत होती है उसकी जो मिट्टी है वो वैश्याओं के घर के आंगन से मिट्टी लाई जाती है उससे शुरुआत होती है तो उसके पीछे क्या विधान है इसका पीछे एक विधान यही है माँ दुर्गा जो होता है सोती सावित्री होता है इसको ये और एक नाम है सोती सावित्री तो सोती का बाजा से वहाँ का मिट्टी मिट्टी मिलाना जरूरी होता है और वो मिट्टी देना भी जरूरी होता है नहीं होगा तो अधराई रह जाएगा आज का दिन में तो होता है ऐसा तो करते रहता है लेकिन हम जिसको पास काम कर रहा है पंडित जी ये थोड़ा सिस्टम से लेके चलता है तो इसके वजह से इस मिट्टी हम लोग भी जोगाड़ करके लाते हैं उन लोग से बोले वो लोग भी दे दे भी देते हैं ऐसे कोई बात नहीं तो देना ज़रूरी है क्योंकि माँ दुर्गा का काम है इसमें करना पड़ता है आपने किस तरह से हमने दिखाया आपको किस मिट्टी से माँ की मूर्तियाँ बनने की शुरुआत होती है कैसे उनमें पवित्रता आती है सच्चाई छलकती है अब माँ के नवरात्रि के नौ दिन के उत्सव में माँ की प्रतिमाएँ स्थापित होती हैं तो जाहिर सी बात है इनका विसर्जन भी होता है दशमी के दिन इनका विसर्जन किया जाता है आइए आपको बताते हैं कि विसर्जन के पीछे क्या विधि विधान है और कहाँ इनका विसर्जन किया जाता है मैं इस वक्त भोपाल स्थित खटलापुरा घाट पर हूँ जहाँ मां दुर्गा का विसर्जन किया जाता है जैसे हमने बात की कि नवरात्रि के नौ दिन अलग अलग समाज के लोग विभिन्न तरीके के जतन करके माँ को प्रसन्न करते हैं जैसे बताया हमने आपको कि बंगाल से माँ काली की स्थापना की प्रथा चली आ रही है और गुजरात से जो है वो गरबा किया जाता है माँ को प्रसन्न करने के लिए वैसे ही नौ दिन की पूजा आराधना के बाद यहाँ माँ दुर्गा के विसर्जन होता है आइए हम यहाँ पर कुछ मौजूद लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ रहती है विसर्जन के टाइम पर। आप जब यहाँ अपन ले के आते हैं देवी जी तो यहाँ पहले उन्हें यहाँ रखते हैं ये बैठालते हैं और फिर उनका पूजन करेंगे तो जैसे अपन वहाँ पे पूजन करते हैं वैसे ही पूजन करेंगे जो भी आपके पास सामग्री है रोली हल्दी चावल इत्यादि और भी अन्य सामग्री फिर आरती करेंगे आरती करने के बाद फिर तालाब में लेके जाएंगे फिर बीच में हमारे साथ यहाँ पर घाट के प्रभारी भी हैं हम इनसे जान लेते हैं कि क्या चहल पहल रहती है मतलब विसर्जन के टाइम पर और क्या सुरक्षा व्यवस्था का आप इंतजाम करते हैं देखिये पिछले तीन सालों से तो जो है कोई कोरोना काल की वजह से अच्छे से हो नहीं पा रहा था इस बार शासन प्रशासन और माननीय मध्य प्रदेश शासन से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे बहुत सेलेब्रिटी और बहुत काफ़ी सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पर दी हैं किस तरीके से हमने जाना कि कैसे किस विधि विधान से मां की प्रतिमाएं यहां पर विसर्जित की जाती हैं दशमी के दिन मां के नौ दिन के उत्सव के बाद यहां पर समापन किया जाता है मां की प्रतिमाओं का विसर्जन करके तो ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकारी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्रि स्वा सदा नमोस्तुते। माँ स्वाहा भी तुम्ही हो स्वधा भी तुम्हें हो माँ दुर्गा आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ कैमरामैन अफजल के साथ मैं हूँ ऋषिका गुप्ता देखते रहिए दखल न्यूज़